ज़ वेलकम बैक अगेन माई अनदर वीडियो मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश मैं आज करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग ए ट्राई पॉड और ए कॉलर माइक जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है क्योंकि ऑनलाइन अभी दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है तो मैं ले नहीं पाया ऑनलाइन तो इसलिए मैंने जो भी मिला मुझे ऐसे ही लॉकडाउन सा वही ले लिया तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें तो मिला हाउ गाइस देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो है ये देखिए अब देखते हैं ये माइक माइक कोई ज्यादा अच्छा नहीं है ऐसे ही लोकल सा वायर भी छोटी सी है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये माउंट है ये इसको ऊपर हम तो ऐसे फिट कर देंगे हो गया इसके हम इसके ऊपर हम अपना फोन माउंट कर देंगे यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करके इसमें ये ये इसमें लॉक दिए गए हैं जिससे हम इसकी लाइन सकते हैं देखिए इस यहाँ से हम इसको और छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस लीवर से इस लीवर को हम अगर टाइट कर देंगे लूज करते हैं तो ये हम इसको और बड़ा कर सकते हैं साइज़ हमारे आउट और अब मैं आपको चेक करवाता हूं ये सोलर माइक तो अभी जो आप आवाज सुन रहे वो मेरी इंटरनल माइक है वो तो ये उसकी आवाज है अभी चेक करते हैं जो आप अगली आवाज सुनेंगे वो इस माइक की हेलो गाइस देखिए आप ये सोलर माइक की आवाज है भी तो बताइएगा आवाज़ कैसी लग रही है आप लोगों को चलो कर लो वन टू थ्री माइक टेस्टिंग तो दोस्तों ये था कॉलर माइक जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है ये भी पता नहीं कैसा होगा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं भी तो गाड़ी अब बात करते हैं कि हमने ये कितने में परचेज़ किया ट्राईपोड जो है हमने 400 सौ में परचेज़ किया है और ये जो माइक है ये हमने ढाई सौ रुपये में परचेज़ किया है तो टोटल तो साढ़े छः सौ रुपये का खर्चा हुआ था मेरा इसमें तो आप भी ट्राई करिए शायद फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आपको अच्छा लगेगा ये वरना माइक तो और भी इस हैवी हैवी रेंज में माइक है तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं राइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए